विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर शख संबत्त उन्नीस दक्षिणायन चल रहा है और भादो मास है शुक्ल पक्ष है और जो शुक्ल पक्ष की आज दर्शको तिथि रहेगी देखिए सुबह चार बजकर सत्तावन मिनट तक की तृतीया तिथि रहेगी इसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी हस्त नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आएगा योग रहेगा शुभ पाँच मिनट तक की इसके उपरांत शुक्ल योग होगा दर्शकों सोमवार का दिन रहेगा और करण रहेगा गर्भ इसके उपरांत वरिज और अंत में विष्टिकरण आएगा चंद्रदेव आज चलायमान जो रहेंगे ये कन्या राशि में शाम को सात बजकर पच्चीस मिनट तक की रहेंगे इसके उपरांत ये शुक्र की राशि तुला राशि में आ जाएंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर पचास मिनट पर वहीं सूर्यास्त का जो समय रहेगा ये शाम छः तक में जो है सूर्यास्त हो जाएगा दर्शकों राहु काल की बात करते हैं सोमवार के दिन का जो राहु काल रहता है सुबह सात बजकर चौबीस मिनट से आठ बजकर अट्ठावन मिनट तक का राहु काल रहेगा और इस दौरान आप लोगों को यह स्पष्ट ध्यान रखना है आप लोग रिमाइंडर लगा लीजिए डेली के राहु काल का कि आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है शुभ कार्य क्या हो गए जैसे नई ज्वाइनिंग हो गई या यात्राओं पर निकलना हो गया राहु काल में यात्राएं भी नहीं की जाती हैं यात्राओं को भी करने की मनाही होती है तो कोई भी शुभ कार्य हो कोई मांगलिक कार्य हो मत करिएगा शुभ कार्यों को करने के लिए हम आपको तिथि बता रहे हैं देखिए आज दर्शकों जो है जो विजय मुहूर्त रहेगा दो बजकर ग्यारह मिनट से ले करके और तीन बजकर एक मिनट तक का जो है विजय मुहूर्त रहेगा शाम को गोधुली मुहूर्त है छः बजकर दस मिनट से छः बजकर चौंतीस मिनट तक की इस दौरान भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो दर्शकों इन चीज़ों का देखिए आप लोग ध्यान दीजिए तो आप लोग कभी भी हम आपको बता रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगी दर्शकों तृतीय तिथि का चूंकि क्षय हो चुका है चतुर्थी तिथि रहेगी और हरितालिका तालिका तीज का व्रत भी आज ही मनाया जाएगा और देखिए गणेश चतुर्थी जो हैं इनका व्रत आज से ही देखिए आरम्भ हो जाता है गणपति को लाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं तो चतुर्थी तिथि को हमने बताया था कि मूली हो गया सफ़ेद तिल हो गया इनका सेवन नहीं करना चाहिए पंचमी तिथि को भी देखिए बिल जो है बिल्व फल जो होता है इसका त्याज माना जाता है इसको नहीं खाना चाहिए और दिशा की बात करें तो सोमवार का जो दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर यात्राएं बिल्कुल भी मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो मिश्री और दर्पण देख करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी पूर्व दिशा में चार कदम अगर आपको पहले चलना हो या जाना हो तो पहले आप पश्चिम दिशा में चार पग आप चल लीजिए तब पूर्व दिशा की ओर आप प्रस्थान करेंगे तो दिशासूल का दोष कट जाता है चलते हैं दर्शकों हम अपने राशिफल पर कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशियों का हाल 12 मिनट में जानते हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों की जो दिल्ली के दर्शक हैं या इसके आसपास के दर्शक हैं यदि हमसे आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दिल्ली में मिल करके 14 और 15 तारीख को रहेंगे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं मेष राशि के जात को आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे और इसी कारण आज आप बड़ा हर्षोल्लास मनाएंगे आज आप अपने पुराने मित्रों से मिलकर उनके साथ किसी खास और गुढ़ विषय पर चर्चा कर सकते हैं अपने रहस्य की बात दूसरों से, से शेयर ना करें तो सुखी रहेंगे आज दांपत्य संबंधों की यदि हम बात करें तो पति पत्नी के बीच संबंधों में कुछ दिक्कतें आती हुई हमको दिखाई दे रही हैं आज के दिन आपको कई तरीके के अच्छे अनुभव भी होंगे और बुरे अनुभव भी होंगे और उन अनुभवों के आधार पर आज आपको कुछ रचनात्मक आइडियाज uh, आपके दिमाग में आ सकते हैं वहीं यदि आप बिजनेस मैन हैं तो आज आपको कोई सफलता हाथ लग सकती है आज मां लक्ष्मी के सामने देसी घी का एक दीपक जलाइए तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी और श्री मंदिर का 108 बार जाप करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा तो वृषभ राशि के जातकों परिवार के साथ आज आप बेहतर समय गुजारते हुए नजर आ रहे हैं आज जो कोई मार्केटिंग से जुड़े हुए और ऋषभ राशि के हैं उन्हें तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता आज कोई ऐसा मौका यदि आता है तो उसको हाथ से मत जाने दीजिए किसी बड़ों की मदद करने से आज, आज आप कुछ राहत महसूस करेंगे वहीं कार्य क्षेत्र में आज आपका सब कुछ बड़ा स्मूथ चलेगा आर्थिक मामलों में आज आपको फायदा मिलने के प्रबल चांसेस हैं आज, आज आपके खुशनुमा व्यवहार के कारण घर का माहौल अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र पर उच्चाधिकारी आज आपको कोई पारितोषक देते हुए नजर आएंगे आज आपके कार्य का जो लाभ है ये कईयों को मिलेगा आपके कारण आज दूसरे भी लाभान्वित होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन आप लोग शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाइए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा <language> मिथुन राशि के जातकों आज आप ऑफिस में अपने सीनियर से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बन रहे हैं आज आपने आपको पूरे दिन तरोताजा महसूस कर पाएंगे घर का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा वहीं अध्यात्म की ओर आज आपका झुकाव रहेगा जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आज आप बाहर जा सकते हैं वहीं यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आज आपके विदेश जाने के चांसेस बढ़ बन रहे हैं ज़रूरतमंदों को वस्त्रों का दानगिरी आज आप करते हैं और रुद्राष्टक का पाठ करते हैं नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इस पाठ से यदि भगवान भोलेनाथ को आप जल चढ़ाते हैं तो आपके सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वायु शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कैंसर वो वाला नहीं कर्क राशि वाला कैंसर तो आज कोई बहुत बड़ा फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ अड़चने आ सकती हैं काफ़ी दिनों से अधर में लटका कार्य जो है पूर्ण होने की आज उम्मीद है लेकिन ध्यान रखें आज कोई भी कार्य करते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड यदि आज आप रखेंगे तभी उस कार्य में सफल होंगे वही किस, किसी रिश्तेदार के आने से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा हालांकि कामकाज की अधिकता आज आपकी सेहत पर कुछ असर डाल सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा सिंह राशि की ओर चलते हैं कर्क राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है आती सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज आपका दिन कैसा रहेगा तो आज का दिन आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है उच्च शिक्षा के लिए यदि आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हैं वहीं यदि आज आपके माता पिता आपको कोई गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे आज कोई महंगा और एक्सपेंसिव गिफ्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं आज कोई नया प्रेम संबंध सिंह राशि के जातकों का स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा आज आपके जो है कार्य क्षेत्र में कार्यों की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी वहीं किसी उच्च अधिकारी के द्वारा आज आपकी कुछ तूतू तुम -तू -तू में बहस हो सकती है इनसे दूर आपको रखना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए जो रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा हमारी जो अगली राशि आती है साहब ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज किसी धार्मिक यात्राओं का सब परिवार योग कन्या राशि के जातकों के जीवन में बन रहा है आज के दिन कोई नया जो है प्रेम प्रसंग स्थापित हो सकता है अविवाहित लोगों के लिए आज कोई विवाह का देखिए प्रस्ताव आ सकता है और उस पर मुहर भी लग सकती है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक रहेगा वहीं कन्या राशि के जातकों आज आप अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हुए नजर आएंगे वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक यदि वाहन चलाएँगे तो ठीक रहेगा अन्यथा चोट चपेट लगने का भी डर रहेगा आज जो छात्र हैं यदि वो परिश्रम करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे और कंप्यू टूशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है दिन को शुभ बनाने के लिए आज प्रयास करिएगा कि किसी अपंग व्यक्ति को मीठा भोजन जो है मीठा कुछ जरूर खिलाइएगा। शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा, रहेगा, रहेगा छ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा सर्वथा शुभ रहेगी हमारी जो अगली राशि आती है लिब्रा तुला राशि तुला राशि के जातकों छात्रों को आज मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आज आप सफल होंगे किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगी आज आपका मन अध्यात्म की ओर ज़्यादा रहेगा यदि आप तुला राशि के जातक हैं और बिजनेसमैन हैं तो आज आपको लाभ मिलेगा आज कहीं आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने का प्लान बना सकते हैं किसी कठिन परिस्थिति में भी आज आपको कुछ लोगों से मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोशिश कीजिए कि इक्कीस बार गायत्री मंत्र का पाठ करके तब घर से निकलिएगा आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी आज उत्तर पूर्व दिशा ईशान को भी बोलते हैं हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो यदि आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उसका आज आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अब तक के जो रुके हुए तमाम कार्य थे ये किसी दोस्त की मदद से पूर्ण होंगे वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे कहीं आज शाम को बाहर डिनर वगैरह का भी प्रोग्राम बना सकते हैं जो भी तलखी चली आ रही थी तो आप दोनों के बीच रिश्ते मधुर होंगे कंप्यूटर स्टूडेंट हैं और यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज के दिन आपके लिए खास रहने वाला है आज आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफल होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होंगे अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आज स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे आपके साथ काम करने वाले लोग आज आपका सहयोग करेंगे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको आज पका हुआ भोजन कराना रहेगा और गाय को रोटी आज आप जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है वृश्चिक के बाद ये आती है धनु राशि। कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो देखिए साहब आज आपका मन अध्यात्मिक की ओर भागेगा लिहाजा आज आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जा सकते हैं ऑफिस में आज, आज आपके कार्य की तारीफ होगी आपको अपने सहयोगियों का आज पूरा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा वही जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है आज अगर धनुराशि के आप जातक हैं और कोई टेक्निकल कार्य करते हैं तो उसमें सफल रहेंगे धन का लाभ आज किसी अन्य मद से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाग्य का पूरा पूरा आज आपको साथ मिलेगा कोशिश कीजिएगा कि शिव चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज के दिन ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा तो हमारी जो अगली राशि आती है मकर राशि मकर राशि पर आगे बढ़े दर्शकों देखिए दिल्ली आगमन हो रहा है सितंबर माह में चौदह और पंद्रह तारीख को रहेंगे सम्भवतः तो इच्छुक दर्शक यदि आप दिल्ली से हैं या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं एन से हैं तो मिल कर के अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही होंगी तो प्रयास करेंगे कि उपायों के माध्यम से उनको कुछ हद तक की हम कम कर सकें और नए साल का सारा वीडियो हमने डाल दिया है अपने चैनल पर आप लोग इसको देख कर लाभान्वित हो सकते हैं जो भी प्रयोग बताए हैं नए साल में ही वो प्रयोग आप लोग करेंगे तो बेहतर रहेगा और हर एक राशि के लिए हमने भाग्यशाली उपाय बताए हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं जैसे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कुछ लकी टिप्स हमने बताया है तो उसको अपना करके आप लोग जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं लाभ ले सकते हैं चलिए दर्शकों मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो मकर राशि के जातकों आज आपको ऑफिस में सीनियर्स से अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आज आपके खर्च ज़्यादा होंगे आपको धन लाभ के नए सोर्स मिलेंगे लेकिन धन हानि के भी योग दिखा रहे हैं साथ ही आज आप परिवार वालों के साथ समय अच्छा बिताएंगे, आज बचपन के किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आप कहीं बाहर कोई मूवी वगैरह देखने का प्लान कर सकते हैं दिन भर बिजी रहने के चलते आपको शाम के समय आलस से महसूस होगा जिससे किसी के साथ आज परिवार हाँ घर परिवार में आज आपका किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पर्पल कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा रहेगी आपके लिए दक्षिण दिशा कुंभ राशि एक्वायर्स तो कुंभ राशि के जातकों लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा जो छात्रों के लिए आज का जो है दिन बड़ा अनुकूल रहने वाला है जो भी कम्पिटिशन से रिलेटेड तैयारी करते हैं सफलता कदम आपके चुमेगी वहीं कुंभ राशि की यदि आप जातक हैं तो संतान की ओर से आपको तो कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आएगी घर परिवार का आपका माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा दांपत्य जीवन में भी आपको आपसी सामंजस्य से अच्छा मिलेगा और रोजमर्रा के कार्यों में आज आपको फायदा होगा आज के दिन कारोबारियों को लाभ के तमाम अनेक अवसर प्राप्त होंगे नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी ओम नम शिवाय मंत्र का एक बार जाप करेंगे तो धन लाभ के तमाम अवसर आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा अंतिम राशि मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा जो कोई नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छे ऑपर्स आने के योग बन रहे हैं। आज परिवार में उत्साह बना रहेगा संतान पक्ष से भी आज आपको कोई खुशी मिल सकती है अपनी बेहतर सोच से हालात को आज आप संभालने में सफल रहेंगे जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल काफी अच्छा रहेगा आज आपको व्यापार में मुनाफा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से हैं उनको आज कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज, आज आपकी दोस्ती रहेगी और उनके द्वारा आपके कार्यों की सिद्धि होगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा शिवलिंग पर शमी पत्र के साथ शमीपत्र के साथ जल से अभिषेक करिए रुद्राष्टक के पाठ से तो आज धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए बगल में जो है बना जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप लोग जरूर दबाइए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया सारी आई आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के देख सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार